जिस महफिल ने ठुकरा हमको क्यों उस महफिल को याद करें आगे लम्बे बुला रहे हैं आओ उनके साथ चले